विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे जिसने उनकी अड़ी चलती रहती थी अड़ी अर्थात प्रतिद्वंद्विता। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का प्रसंग भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रजापति के पुत्र कुश कुश के पुत्र कुशनाब और कुशनाब के पुत्र राजा गाधी थे विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था लेकिन वे हार गए इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम अति सुंदर अनेक कलाओं में दक्ष तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी परी अप्सरा, यक्षिणी इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियाँ हुआ करती थी उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया ऋषि विश्वामित्र का तप अब टूट तो चुका था लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुन्दर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया कुछ वर्षों साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी और वो थी इंद्रलोक की चिंता वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा उर्वशी रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और उसे जो लक्ष्य दिया था वह भी पूरा हो चुका था इसीलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुन इंद्रलोक चली गई थी जब शकुंतला छोटी ही थी तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई मेनका के छोड़कर चले जाने के बाद शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने किया था इसलिए वे उसके धर्म पिता थे इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई यही पुत्र राजा भरत थे पूर्वज के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है